जय हिंद दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस सिंथेटिस कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है लेकिन कैसे होता है कहाँ पर होता है पत्ती के किस भाग में होता है पत्ती के आंतरिक भाग में किस भाग में होता है इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे तो इसको जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि मतलब पत्ती का जो बाहरी आकार होता है वह कैसा होता है फिर इसके बाद हम लोग उसके आंतरिक भाग की तरफ चलेंगे तो आइए सर्वप्रथम हम पत्ती के बारे में जानते हैं तो जो हमारा पत्ती होता है वह स्टीम से जुड़ा होता है जैसे मान लीजिए यह किसी भी पादप का स्टीम है और स्टीम से यहाँ पर जुड़ा रहता है पेस्ल या पेडिकल यह क्या करता है पत्ती को ऊपर की तरफ उठाए रखता है फिर पेस्योल पेडिकल से जुड़ा होता है हमारा लीव या मान लीजिए हमारा पत्ती हो गया या हमारा पत्ती हो गया या हो गया पत्ती का नुकीला भाग इसे बोलते हैं एपिक्स इसे बोलते हैं एपेक्स एपेक्स और यह पत्ती का बाहरी भाग जिसे बोलते हैं मार्जिन इसे बोलते हैं मार्जिन और मान लीजिए यह हो गया हमारा स्टीम क्योंकि इस टीम से ही जो होता है हमारा जुड़ा रहता है और यह हमारा हो गया या पेडिकल या पेडिकल फिर इसके बाद यह हो गया हमारा वेन अभी जो यह यह है मिड रिव इसका नाम है मिड्रिप जो पत्ती में ऐसे एक जो पत्ती में ऐसे सीरीज़ संरचना होती है इसे बोलते हैं और मीड़ीव से ऐसे निकला रहता है वेन, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे इसे बोलते हैं वेन लेट तो दोस्तों इस यही है हमारे पत्ती का भाग जिसके बारे में हम लोग जानने वाले थे पत्ती के मुख्यतः इतने भाग होते हैं जहां से जुड़ा रहता है पेस्योल और यह बीच वाला भाग मिडरेप किनारे वाला भाग और इसका या किनारे वाला भाग क्या कहलाता है बारे में जानिए अब हम लोग यह जानेंगे कि पत्ती में फोटो सिंथेटिस होता है तो आइए इसके बारे में जानते हैं तो जो हमारा पत्ती होता है इसमें पहले तो आप जान लीजिए पत्ती दो प्रकार का होता है एक होता है मोनोकार्ड एक होता है डॉइकॉट तो हम लोग डाई पत्ती के बारे में जानेंगे तो जो फोटोसिंथेटिक्स के बारे में जानेंगे उसमें हम लोग हम, लो हम, लो तो हम लोग लेंगे डायकाराई काट लीफ हम लोग लेंगे तो आइए हम लोग डाईकॉट लीफ में फोटो के बारे में जानते हैं तो जैसे मान लीजिए या कोई लीफ है मान लीजिए डाइकॉट का ही लीफ है अब हम लोग इसका पेस्टोल व नहीं बना रहे हैं जान दीजिए इसे नहीं बनाएंगे ना अब जैसे मान लीजिए या पत्ती है और यह पत्ती कुछ इस प्रकार से है मतलब है ऐसे ऐसे नहीं है ऐसे है आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे बनाया गया मतलब यह पत्ती जो है ऐसे दिख रहा है लेकिन यहाँ पर पत्ती को लेंगे तो हम लोग ऐसे लेंगे ना यह हो गया अब पत्ती के देखिए यह इसके नीचे वाला भाग जो पत्ती का नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं एबैक्जियल इसे बोलते हैं एबैक्जियल और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं एडेक्जियल एडेक् और इसे बोलते हैं एबैक्ल एक्सिस तो पत्ती का ऐसे मान लीजिए पत्ती है तो पत्ती के ऊपरी भाग को बोलेंगे एडेक्जियल एक्सिस और निचले वाले भाग को बोलेंगे एबैक्जियल एक्सिस तो यह पत्ती का भाग होता है अब यहां पर ऐसे लंबी व एडेक्ल स्थिति मतलब ऊपरी वाले स्थिति ऐसे कुछ प्रकार के ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से इसका ये सेंटर हो गया तो ये जो कोशिकाएं होती है ना ये लंबी व बहु होती हैं तथा यही कोशिकाएं जो होती हैं ये कोशिकाएं क्या करती हैं एबजॉपन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश को अवशोषित करती है यही जो ये यह लंबी व बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, एब्जॉर्न ऑफ लाइट प्रकाश को अवशोषित करती हैं। फिर इसके बाद यहां पर ऐसे कुछ गोलनुमा ऐसे कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्पंजी सेल इसे हम लोग बोलते हैं स्पंजी सेल और यह जो प्रकाश को अवशोषित करती है इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेडसेल पॉलीसेडसेल तो पत्ती के अंदर दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं एक होता है पॉलिसेड एक होता है स्पंजी सेल जो पॉलिसेड होता है यह प्रकाश को एब्जॉर्न करता है और जो स्पंजी सेल होता है यह प्रकाश को एब्जॉर्प्शन करके फूड को बनाने में मदद करता है तो आप लोग जान गए थे यह हो गया पॉलिसेड सेल और यह हो गया स्पेंजी स्पंजी सेल इन दोनों को मिला करके बोलते हैं मेजोफिल इन दोनों को मिला करके बोलते हैं मेजोफिल मेजोफिल तो यह पत्ती के आंतरिक भाग का चित्र है ना पॉलिसेड एंड स्पंजिस सेल को मिलाकर के बोलते हैं मेजोफिल अब मेजोफिल जो होता है इसका सरचना कुछ इस प्रकार से होता है अब मेजोफिल जो होता है ना जो हमारा मेजोफिल होता है अब इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है मान लीजिए मेजोफिल में क्या पाया जाता है पॉलिसेड एंड स्पंजिस पाया जाता है तो अब के अंदर क्या पाया जाता है आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो जैसे मान लीजिए पत्ती का आंतरिक भाग है ना तो यह जो मेजो फिल है इसके अंदर का संरचना के बारे में जानेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं एक ऐसे जैसी पाई जाती है जो मेजोफिल सेल का 90 से लेकर के 95 परसेंट तक का भाग होती हैं और इसके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे जो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो यह हो गया क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में 90 से नाइन्टी तक का जो भाग होता है वह वैक्यूल का होता है और जीरो से लेकर के पांच परसेंट तक का जो भाग होता है वह होता है, है, है क्लोरोप्लास्ट का तो यह हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट तो यह भाग बीच वाला भाग क्या हो गया वैक्यूल हो गया बीच वाला भाग हो गया वैक्यूल और यह क्या हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट यह हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट तो अब हम लोग जानेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो अब आइए हम लोग क्लोरोप्लास्ट का भी चित्र जानेंगे मान लीजिए जैसे क्लोरोप्लास्ट है अब आइए इसके आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं पहले हमने क्या जाना पत्ती के भाग के बारे में फिर मेजोफिलसेल के आंतरिक भाग में फिर अब हम लोग जानेंगे क्लोरोप्लास्ट के आंतरिक भाग में तो मान लीजिए जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसका संरचना कुछ इस प्रकार से है या हो गया क्लोरोप्लास्ट अब क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ऐसे एक सेल पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं यह जो सेल पाया जाता है तो यह जो पत्ते के अंदर एक अकेली संरचना पाई जाती है ना इसे बोलते हैं थैलेक्वाइड इसे बोलते हैं थैलेक्वाइड इसे बोलते हैं हैं अब अब ढेर सारे मिल जाते जैसे जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर ऐसे मान लीजिए एक थैलेक्वाइड यहाँ पर हो गए थैलेक्वाइड यहाँ एक यहाँ एक यहां यह के यह के अब ये यह ऐसे मिल करके ना ऐसे सिक्के के जैसा संरचना बनाते हैं मतलब ढेर सारे ऐसे संख्या में होते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती है तो यह हो गया थैलेक्वाइड अब ढेर सारे थैलेक्वाइड को मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेना इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेना ढेर सारे को जब मिलाएंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेना और एक को जो लेंगे तो इसे बोलते हैं तो इस प्रकार से यह हो गया अब इसके अंदर का जो भाग होता है जहां पर ग्रेना नहीं उपस्थित होता जैसे ये वाला भाग इसे बोलते हैं स्ट्रोमा ये वाला जो भाग है ना इतना सारा इसे क्या बोलते हैं स्ट्रोमा इस इसे बोलते हैं स्ट्रोमा और जो हमारा ग्रेना होता है ना यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले रिएक्शन और जो हमारा होता है यहां पर होता है डार्क रिएक्शन पर होता है डार्क रिएक्शन तो यह हो गया हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर का संरचना और ये जो एक स्ट्रोमा दो स्ट्रोमा तीसरे स्ट्रोमा से एक इस प्रकार के संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना यह दो प्रकार के मेम्ब्रेन में होता है एक होता है आउटर लेयर एक होता है इनर लेयर अब देखिए यही है हमारा प्रकाश श्लेषण तो इसके बाहरी भाग को बोलेंगे आउटर लेयर आउटर लेयर और इसके आंतरिक वाले भाग को बोलेंगे इनर लेयर इनर लेयर तो यह हो गया क्लोरोप्लास्ट का भाग आउटर लेयर, इनर लेयर, स्ट्रोमा और ग्रेना। और एक सिक्के उटर लेरचना को बोलते हैं थेलेक्वाइड अलॉट ऑफ थेलेक्ट को मिलाकर बोलते हैं ग्रेना तो इस प्रकार से हमारे पत्ती का आंतरिक भाग होता है अब मान लीजिए जैसे प्रकाश आया प्रकाश आया तो यहां पर क्या है पॉलीसाइड सेल है या प्रकाश को ग्रहण किया ग्रहण करने के पश्चात मेजो सेल मेजोफिल सेल में भेज देगा अब मेजोफिल सेल के अंदर क्या पा जाता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरो का मदद करता है और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण और सूर्य के प्रकाश में और जल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह ग्लूकोज का निर्माण करता है वह एनर्जी का निर्माण करता है तो इस प्रकार से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया अब पादप में फूड स्टोर होता है वह होता है ग्लूकोज के रूप में और फूड का स्थानांतरण होता है वह होता है सुक्रोज़ के रूप में और जहां पर फूड स्थित होता है मतलब फूड स्टोर जहां पर किया जाता है उसे बोलते हैं स्टार्च स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है हमारा पत्ती अब पर प्रकाश संश्लेषण हो गया भोजन बना ग्लूकोज के रूप में अब ग्लूकोज के रूप में बना तो पत्ती में बना ना अब मान लीजिए ऐसे में होता हुआ जाएगा सिरा में गया तो पत्ती ऐसे पत्ती के द्वारा ये स्टीम में होता हुआ जाएगा अब स्टीम में आया तो किस फॉर्म में आएगा सुक्रोज के रूप में आइए लिखी देते हैं जो फूड बनता है वह बनता है ग्लूकोज के रूप में पादपों के पत्तियों में ना जो फूड बनता है वो बनता है ग्लूकोज के रूप में और जब ये ट्रांसफर होता है ट्रांसफर होता है तो वह होता है सुक्रोज के रूप में सुक्रोज के रूप में फिर या स्टोर होता है स्टोर होता है स्टार्च के रूप में जिसे हम लोग मंड बोलते हैं या फूड बनता है मेक तो इस प्रकार से अब यहां पर प्रकाश आया और यहाँ पर जो यहाँ पर सेल है इसके अंदर फूड बनेगा पादप का बनेगा किसके रूप में ग्लूकोज के रूप में अब पत्ती के द्वारा स्थानांतरण होगा किसके द्वारा ट्रांसफर होगा सुक्रोज के रूप में अब जहां पर जैसे अब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हमारा जो बेली है जो हमारा पेट है यहाँ पर फूड स्टोर होता है ठीक इसी प्रकार से पादव में भी कहीं फूड स्टोर होता होगा तो वहां पर जब स्टोर होगा तो स्टार्च के रूप में होगा तो बस यही इतने सारे आज हमें पढ़ने थे पत्ती के बारे में फोटोसिंथेटिक्स की क्रिया कैसे होती है आप लोग जान गए यहाँ प्रकाश आया फिर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक संरचना में जो ग्रेना होता है इसके द्वारा फोटोसिंथेटिक्स की क्रिया होती है फिर जो फूड बना ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफर हुआ सुक्रोज के रूप में स्टोर हुआ स्टार्ज के रूप में तो बस दोस्तों आज का वीडियो यही तक अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत